तो हेलो गाइस जल्दी बैक माई यूट्यूब चैनल तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ अपने कर्सर का साइज़ छोटा से बड़ा कैसे कर सकता है फिर आपका ज़्यादा बड़ा हो गया अब आपको याद नहीं है छोटा कैसे से करें तो आपको मैं वो भी बता देता हूँ तो आपको पहले अपना डायरेक्ट अपना सेटिंग्स शो खोल लेना है जैसे कि मैंने सेटिंग शो खोल दिया आपको अपने इसमें आ जाना से ब्रिटिश में आने के बाद आप कुछ दिख, दिख सकता है माउस पॉइंट एंड टच आपको इस पे नहीं जाना है नीचे वाले पे जाना है टेक्सट कर्सर पे आना है टेक्सट क्रसर पर नीचे पॉइंटर पे, पे आ जाना है और इधर से इसका साइज छोटे से बड़ा कर सकते हैं वही बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं मैं कितना बड़ा हो गया है और आपसे इतना छोटा कर सकते हैं आप इसको चेंज भी कर सकते हैं एक ऐसा देखना चाहिए आप वैसा भी कर सकते हैं आपसे कलर भी चेंज कर सकते हैं मतलब जो भी चीज़ आप करना चाहें वो उसके साथ कर सकते हैं आपसे अपना टच पैड भी कर सकते हैं टैप्स भी लगा सकते हैं मोस्ट सेंसिटिव भी कर लगा रखा है हाई सेंसी पर लगाएं और अपना काम आसान कर लें वही बड़ी आसानी से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक दे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना कि आपको आने वाली हमारी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके